हमको सहारा न दिया तुमने भी हमको सहारा न, हम हम न दिया इसी बात ने हमको है वा किया तुमने भी हमको सहारा न दिया इसी बात ने हमको आवारा किया हम तो गए किनारे बैच हम तो गए किनारे बैच तुम्हारे भरोसे तुमने भी हमसे किनारा कर लिया तुमने भी हमसे किनारा कर लिया